गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉक तो गाइस आप अभी तक मैं खेत में, में हूँ और उसी जगह खड़े हूँ जो पहले मैं ब्लॉक बना रहा था तो पीछे देख साथ ही वहाँ निर्माण कर रहे हैं तो एक मिनट के लिए रुके हैं और मैंने सोचा थोड़ा सब ब्लॉक बना लें तो ब्लॉक बना रहा हूँ और तो अब आपको तो थोड़ा ठीक दिख रहा हुआ क्योंकि और यहाँ पर कुछ ऐसा है और यहाँ पर कुछ पेंटियाँ रखी हुई है और पीछे एक मंदिर है जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा और वो बहुत पीछे है तो नया दिखाई दे रहा है तो अगली वीडियो में बनाता हूँ मैं मंदिर